दोस्त कितने हैं मायने नहीं रखता पर कैसे हैं जरूर मायने रखता है तो कैसे पता चले कि कौन है हमारे ट्रू फ्रेंड्स और कौन है हमारे फेक फ्रेंड्स